हेलो दोस्तों नमस्कार यूनिकल साउंड का और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आपको थम्बलिन देख के पता चल ही गया होगा जे किस टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं तो चलिए फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे एप्पलीफायर को चूज करना पड़े तो टॉप के लिए कौन सा बेस के लिए तो आज हम दो ब्रांड का एप्लीफायर लेने वाले हैं जिसका थोड़ा थोड़ा रिव्यू करेंगे उनके बारे में समझेंगे तो वो होगा एक एन एक्सोडी एम टी सोलह जीरो वन का जो और उसका लगभग का और एक एम्पलीफायर होने वाला है जो एस बी एस पी वी फाइव के ये वाला एम्पलीफायर जो स्ट्रेंजर की तरफ से आता है आज देखने वाला हैं दोस्तों इनके डिफरेंस के बारे में और ये दो एम्पलीफायर जो है कहां कहां हम यूज कर सकते हैं टॉप कितने यूज कर सकते हैं बेस कितने यूज कर सकते हैं इसका स्पेसिफिकेशन क्या है ये कितने ओम पे कितने लोड देता है ये सारे कुछ चीज़ के बारे में हम आज जानने वाले हैं तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा चलिए दोस्तों वीडियो के ऊपर चलते हैं पहले जो हम बात करेंगे जी सैम्प्लीफायर के बारे में वो होगा एन एक्स ऑडियो एम टी बारह जीरो वन जो कि आपका पाँच हज़ार वार्ड का एम्प्लीफायर है वैसे दूसरा एम्प्लीफायर भी वही पाँच हज़ार का ही होने वाला है आपका लेकिन पहले ई सम्प्लीफायर को लेकर बात करेंगे पहले दोस्तों इसका पावर रेटिंग देख लेते हैं पावर रेटिंग इसका जो है कितना ओम्स पे कितना आउटपुट देता है तो दोस्तों आप डिस्प्ले तो में जैसे शो हो रहा होगा आप देख ही सकते हैं ये जो एम्प्लीफायर है ये 8 ओम पे आपका 1350 वाट दे देता है पर चैनल और इसका जो 4 ओम पे देता है वो है अठारह सौ और इसमें जो टू ओम्स पर देता है दोस्तों वो पच्चीस सौ है फोर चैनल तो दो चैनल को मिला के हो जाता है आपका पाँच हज़ार तो पाँच हज़ार वाट का आप है आप इसमें मैं तो बोलूँगा क्या आपको किस टाइप का स्पीकर चलाना चाहिए बेस चलाना चाहिए या टप चलाना चाहिए वो तो बाद में देखेंगे लेकिन इसका और भी आउटपुट रहते हैं जैसे ब्रिज ब्रिज मोड रहते हैं ब्रिज मोड में आपको एटम पे सैंतीस वाट दे देता है और ब्रिज मोड में फॉर्म पे जो देता है वो फोर्टी एट वर्ड फोर्टी फोर्टी एट दे देता है तो इसका जो डोम्पिंग फैक्टर है वो है आठ सौ बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन बेस्ट चलाने के लिए काफ़ी है और ये जो एम्पलीफायर है वो उसका जो टाइप है वो क्लास एच है इसमें और एक खासियत है दोस्तों इसमें क्रॉस का सेटिंग दिया हुआ रहता है और इसमें बैलेंस इनपुट रहते हैं तो ये सबसे बेहतर रहता है बेस्ट चलाने के लिए तो इसमें आप कितने वर्ड का बेस्ट डाल सकते हैं तो ये बेस्ट जो डालेंगे वो तो फोर टू ओम पे तो हम डालने वाले डालेंगे नहीं तो हम जो भी डालेंगे वो होगा आपका फोर ओम या एट ओम पे तो एट ओम पे अगर आप दे रहे हैं तो आठ सौ वाड से लेकर हज़ार वाड तक तो पर चैनल दो बेस आप चला सकते हैं इसमें जो एट सौ एट ओम पे है वो होगा आपका तेरह सौ वार्ड तक तो आप बेस चला सकते हैं पर चैनल पर एक बेस होगा आपका तो इस टाइप के करके आपको बेस का जो हो गया आप समझ गए होंगे टू ओम्स पे आपको जो अगर बेस तो चला नहीं पाएंगे तो ही चलाना होगा आपको तो टू ओम्स पे आपको देना पड़ेगा आपको हज़ार हज़ार वाट या फिर बारह सौ बारह सौ वार्ड छः सौ छः सौ वार्ड का एक स्पीकर होगा तो आपका चल जाएगा वो फोर पे आपका काम हो जाएगा बाकी रहा ब्रिज मोड में ब्रिज मोड में आप पैंतीस सौ वार्ड तक एटम पे आप डाल सकते हैं लेकिन फोर पे आप दो हज़ार दो हज़ार का स्पीकर तो डाल सकते हैं ब्रिज मोड में दोस्तों आप अच्छी तरह से देख के स्पीकर का कनेक्शन कीजिएगा और अच्छी तरह से आप कंट्रोल करके बजाइएगा किंतु क्योंकि ब्रिज मोड जो होता है वो बहुत डेंजर होता है तो बाद बाकी इसके बारे में तो इतना ही बाकी दूसरा अप्लीफायर के ऊपर चलते हैं जो हमारा होगा एस 5K इसमें क्या है इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं मैं दोस्तों पहले ही बता दे रहा हूँ इसमें कोई कोई भाई ऐसे होते हैं टॉप चलाने के लिए ले आते सॉरी बेस चलाने के लिए ले आते हैं स्ट्रेंजर का ये फाइव क्या लिफा लेकिन इसमें आप बेस ना चलाएं तो बेहतर है मैं पहले ही माना कर दे रहा हूँ तो इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन भी देख लेते हैं चलिए इसमें क्या है कि हम दूसरा कोई चीज़ बात नहीं करेंगे जैसे नेटवर्ट हो गया पावर पावर इनपुट हो गया या ये सारे चीज़ मुझे नहीं बोलना आता और आता भी, आता भी होगा तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सारे कुछ चीज़ आप सभी को पता ही होगा तो ये सारा कुछ चीज़ मैं नहीं बोलने वाला पे हम सिर्फ आउटपुट के बारे में देखेंगे और ये जो दोस्तों में बताया कि दो एम्प्लीफायर है दो एम्प्लीफायर का जो आउटपुट है वो आरएमएस पावर के अंदर है तो इसका जो पहला जो एट ओम पर जो आउटपुट आएगा वो हज़ार वार्ड से लेकर बारह सौ वार्ड तक तो आएगा वो वो भी पर चैनल और इसमें जो है एट ओम्स पे जो होगा इसमें सत्रह सौ वार्ड से लेकर अठारह सौ वार्ड तक तो होगा और इसमें जो टू ओम पे होगा आपका आउटपुट जो होने वाला है दोस्तों वो आपका पच्चीस सौ पच्चीस का आ जाएगा पर चैनल पर तो इसमें हम किस टाइप का स्पीकर या फिर किस टाइप का सो यूज कर सकते हैं सो तो मैं पहले ही माना कर चुका हूं तो टॉप देख लेते हैं कैसा चला सकते हैं और देखिए ओम्स के बारे में आपको पता ही होगा अगर ओम्स को लेकर आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आप वहां जाके कर चेक आउट कर सकते हैं इसमें जो पहला टू ओम्स पर स्पीकर के हिसाब से हम लोड देंगे बहुत सारे कुछ चीज़ देखने वाले हैं इसमें जो है हम पहले टू ओम और फोर ओम ही देखेंगे एट ओम को छोड़ देंगे जो टू ओम पे होगा आपका वो हो जाता है आपका जैसे कि पच्चीस सौ है तो चार स्पीकर आपका जरूरी हो तो आपको 600 600 छः का स्पीकर जो है एक टॉप में होगा तो आपका बारह सौ हो जाता है तो बारह बारह चौबीस सौ हो जाता है तो आपको 1200 सौ का एक टॉप लगाना पड़ेगा मतलब दो टॉप एक चैनल में और दूसरा चैनल में दो और टॉप तो इसका फोरम पे देखेंगे इसमें 800 सौ का जो है टॉप सॉरी 800 सौ का जो है एक स्पीकर होगा तो आपको टॉप भी बहुत ज़्यादा मजबूती होना चाहिए तो इस तरह करके आप टॉप चला सकते हैं तो मैं हमेशा कहूँगा टॉप चलाते हो तो आप टू ओम पे चलाओ वो फोर ओम पे चलाओ तो भी बहुत अच्छा है अगर आपके पास एम्प्लीफायर का थोड़ा कमी है तो आप इस आपके पास इस तरह का एम्प्लीफायर होगा तो आप फोर ओम पे चला सकते हैं इसका जो दोस्तों बेसिक डिफरेंट जो होगा मैं अभी बता दे रहा हूँ इसका जो दोस्तों डिफरेंस होगा इन दोनों एम्प्लीफायर के अंदर ये स्ट्रेंचर और एनएक्सोडियो के अंदर जो ये दो एम्प्लीफायर के जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा दो डिफरेंस है वो क्वालिटी को लेके कर है उस एम्प्लीफायर में और इस एम्प्लीफायर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी है और उससे भी अच्छा जो है वो है ऑडियो में क्योंकि उसमें डंपिंग फैक्टर ज़्यादा दिया हुआ है उसमें आपका क्रॉसओवर सिस्टम भी दिया हुआ है लेकिन बैलेंस इनपुट भी हालांकि इसमें भी बैलेंस इनपुट दिया हुआ है लेकिन ये वाला एम्प्लीफायर आपको टॉप के लिए बेहतर रहेगा लेकिन बो वाला पार आप टॉप भी चला सकते हैं और बेस भी चला सकते हैं बो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा तो इस आप ये इससे दोस्तों किसी को डिमोटिव करना नहीं था कि आपके पास अगर है तो अच्छा ही है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो सही है मैं वो बता दिया कि जिन लोगों जिन भाई के पास ये फाइव के का जो आम फ्लिप है वो है तो आपको कोई टेंशन लेने वाला कोई चीज़ है नहीं अब चला रहे हैं तो चला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरा माना तो आप उसमें टॉफ ही चलाएँ और बेस ना चलाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा तो आज के लिए दोस्तों इतना ही नमस्कार धन्यवाद